तो किसी भी डेटा पे पीबुक टेबल लगाने से पहले दो तीन चीजें जाननी चाहिए सबसे पहले आपको डेटा को समझना है क्योंकि डेटा को आप एनालाइज कर रहे हैं सो तो डेटा के बारे में पता होना चाहिए तो जो डेटा मेरा है सिंपल सेल्स का डेटा है कि किस डेट को किस पर्सन ने किस सिटी में कितनी आ, किस प्रोडक्ट को कितनी क्वांटिटी और कितने अमाउंट में बेचा है सिंपल सा इसके बाद क्या है कि टेबल लगाने से पहले डेटा को सिलेक्ट करना है नहीं करना है वो डिपेंड करता है कि डेटा के ऊपर अगर डेटा है इस तरह से तो फिर सिलेक्ट करना होगा क्योंकि एक कंट्रोल एक के में पे चलता है, तो ब्लैंक से ऊपर के ही डेटा को पिक कर लेगा नीचे पिक नहीं करेगा दूसरा आपका हेडिंग ब्लैंक नहीं होना चाहिए क्योंकि पीवर टेबल हेडिंग के अकॉर्डिंग ही चलता है अब मैं इसको सिलेक्ट किया इंसर्ट में गए पीबर टेबल जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे साइड में आपको पिबर टेबल फील्ड आएंगे तो पिबर टेबल फील्ड जो आपने इसके अंदर यहाँ पे लगा रखे है इसमें डेटा में आपके है वो जो फील्ड है वो फील्ड आते हैं आपके आप देख रहे हैं मेरे डेटा में कुछ एक्स्ट्रा फील्ड है वो फील्ड इसलिए है कि हमने इसको कैलकुलेट किया हुआ है कैलकुलेटेड फील्ड है इसलिए ए फील्ड आपको दिख रहा है तो अब मुझे क्या करना है सिंपल सा अपने नहीं, मुझे मुझे क्या चाहिए अब यहां पे डिपेंड आता है कि आपके डेटा से आपको चाहिए क्या तो बेसिकली मेरे जो डेटा है इस डेटा में से मुझे ये पता करना है कि किस पर्सन ने कितनी क्वांटिटी और कितना अमाउंट सेल रेवेन्यू जनरेट किया है सिंपल सा तो हम नेम को उठा कर रखेंगे रो में रो में रखने के बाद नेम जो है इस तरह तो से रो बा जा जाएगा उसके बाद मुझे सम करना है क्वांटिटी का तो जो भी वैल्यू पर कैलकुलेशन होती है सम वाले फील्ड में जाती है मुझे अमाउंट का भी टोटल करना है तो यहाँ करना देखिए देखिये यहाँ जो सम है क्वांटिटी है वो सम में होकर काउंट हो गया इसमें हो सकता है कोई नंबर्स वगैरह हो इसलिए काउंट हो गया होगा तो इसके लिए इसकी वैल्यूफी सेटिंग में जाके इसको हम सम कर देंगे जी हाँ साइड में जो एरो uh, के निशान होता है इसी के ऊपर आप वैल्यूफी सेटिंग को देखेंगे इसी में जाके हम सम को कर दिया तो फिर सम आ गया अभी रिपोर्ट हमारी बन गई बट यहाँ पे रोल लेवल दिख रहा है अब इसको मैं चेंज कर सकता हूँ नेम और यहाँ पे वैल्यूज के जगह पे मैं कर देता हूँ टोटल सेल्स हेडिंग दे देता हूँ 2021 और ये आपके सामने आपके रिपोर्ट तैयार है इसकी फॉर्मेटिंग के लिए आप डिजाइन खुद की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं डिजाइन की फॉर्मेटिंग ले सकते हैं तो प्यवर टेबल जनरली इस तरह से बनाया जाता है